नमस्कार स्वागत अभिनंदन साथियों 7 साथ फरवरी का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन सवेरा लेकर के आया इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज के दिन को आप किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं किस प्रकार से शुभ बना सकते हैं इस पर भी आज हम बात करेंगे आज का पंचांग क्या कहता है देखिए दर्शकों पंचांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ज्योतिष का पंचांग के बिना सब कुछ अपूर्ण है फिर ना ज्योतिष हो सकती है ना कुंडली बन सकती है ना ग्रह नक्षत्र सितारे कुछ नहीं पता चलेगा कोई तिथि आपको नहीं जानकारी होगी पंचांग बेसिकली देखिए दर्शकों पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के ये जो पांच अंग हैं ये हैं तिथि वार नक्षत्र योग, योगकरण इन्हीं के आधार पर पंचांग तैयार होता है इनमें से यदि किसी भी एक अंग अपूर्ण है तो पंचांग पूर्ण हो ही नहीं सकता है विक्रम तो संबत दो हजार छिहत्तर 1941 संबत सौ माघ मास चल रहा है दर्शकों और शुक्रवार फ्राइडे दिन आज रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर शाम को पांच बजकर अड़तालीस मिनट पर, पर। उत्तरायण चल रहा है प्रस्तुत पंचांग दर्शकों को लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तिथि जो रहेगी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इसके बाद चतुर्दशी तिथि आज लग जाएगी छह मिनट के बाद त्रयोदशी तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि माफ़ करिएगा रहेगी त्रयोदशी के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि त्रयोदशी को ब्रह्मा वैवस्थ पुराण में लिखा गया है कि बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और जो चतुर्दशी तिथि है चतुर्दशी के दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए स्पष्ट रूप से ब्रह्मा वैवस्थ पुराण में मनाही यदि आप शहद का सेवन करते हैं तो श्री विहीन हो जाएंगे आप लोग लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे करके देखिएगा वैसे करिएगा नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये तिथियाँ रहती हैं नक्षत्र की बात करते हैं आज नक्षत्र क्या रहेगा तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र रहेगा एक जुपिटर का और दूसरा शनि का वहीं आज करड़ पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो कौलव और तैतिल अंतिम करड़ जो रहेगा ये गर करड़ रहेगा योग रहेगा प्रीति इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा अशुभ समय पर आ जाते हैं राहुकाल तो आज सुबह दस बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर बीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा अब आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा बारह बजकर पच्चीस मिनट से लेकर के और एक बजे के बीच में कर लीजिएगा ये आज का शुभ समय रहेगा चंद्रदेव देखिए जो चलायमान रहेंगे शाम को छह बजकर चौतीस मिनट तक तो ये जैमिनी मिथुन राशि में रहेंगे तदउपरांत ये कर्क राशि स्वग्रही हो रहे हैं सूर्यदेव वहीं मकर राशि में चलायमान है की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार दिन और पश्चिम दिशा की ओर दिशा सूल होता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा यदि करनी पड़ जाए तो सौंप का मिश्री का दही का सेवन करके आप लोग यात्रा करिएगा और पहले पूर्व की ओर चार पक्ष चलिएगा उपरांत आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए Uh, मेष से लेकर के मीन राशि के जो है जातकों के जीवन में आज का राशिफल क्या नवीन सवेरा लेकर के आया है सात फरवरी का इस पर हम चर्चा कर लेते हैं तो मेष राशि वालों आज देखिए आपका दिन अच्छा रहेगा रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलने की प्रबल संभावना रहेगी आज आप नए काम करने के बारे में सोच सकते हैं जो आगे चल करके आपको धन लाभ के सुअसर प्राप्त कराएगा आज आपका मन धार्मिक कार्यो के प्रति अत्यधिक लगा हुआ रहेगा कोई पूजा पाठ में आपका मन लग सकता है आज कोई किसी से नई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी कठिन परिस्थिति में आज आपको कुछ लोगों से मदद प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर के आज का दिन भौतिक सुख साधनों में वृद्धि का सूचक है बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का प्लान आज आप लोग बना सकते हैं आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक जटे वाले नारियल को आपको रखना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृषभ राशि वालों देखिए आज आप लोगों को अपनी योजनाओं पर सहमत कर लेंगे लेकिन अपनी राज की बात आज आपको किसी को बतानी नहीं रहेगी घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा आज उनके साथ आप लोग कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं परिवार के साथ आज आपका समय बेहतर बीतेगा तकनीकी के क्षेत्र में जो छात्रवर्ग हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है आज आपके सोचे हुए जो है कई जरूरी काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज आपको पैसों की थोड़ी सी समस्या हो सकती है आज का दिन किसी को उधार मत दीजिएगा आप लोग उपाय के तौर पर करिएगा क्या तो साथ गोमती चक्र लीजिएगा और लाल रंग के वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में आप लोग रखिएगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा तीन जेमिनी मिथुन राशि के जातकों देखिए आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपको नए लोगों से थोड़ा सा संभल रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा बिजनेस में आज विरोधियों से आपको बचकर रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होकर के आज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं खास करके जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं और छात्र हैं इनको आज पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज के दिन आपके बुद्धि का विकास होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा कोई एग्जाम देने जा रहे हैं निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है श्री सूक्त का पाठ करिएगा साथ ही साथ ओम ऐंग शारदाए नमः ये माँ सरस्वती जी का मंत्र है और इस मंत्र को यदि आज आप लोग 108 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें आप सफल ना हो आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कर्क राशि के जात को आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है तो किसी को धन देने से आज आपको बचना होगा बढ़ता हुआ खर्च थोड़ी सी आपको परेशानी में डाल सकता है जीवन साथी के साथ आज आप लोग घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं प्लान कर सकते हैं जो वीकेंड आपको मिल रहा है इसका आप लोग लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं पैसे आज आपके अधिक खर्च होंगे लंबी दूरी की यात्राओं का योग है आज आपकी रिश्तों में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई भी फैसला आज आपको बहुत सोच समझ लेना होगा जो कि फ्यूचर को देखते हुए आपके हित में बेहतर रहे ऐसा कोई डिसीजन आप लोग मत लीजिएगा कि आगे चल करके आपको नुकसान हो आज आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पंछियों को आज आपको जो है दाना डालना है कबूतरों को बाजरा आप लोग डाल सकते हैं आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात अगली जो राशि आती है ये आती है सिंह राशि सिंह राशि वालों आज आपका दिन घूमने फिरने में काफ़ी जो है बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज, आज आप परिवार वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं सिंह राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट धन लाभ हो सकता है जिससे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहेगा शेयर मार्केट इत्यादि से भी आज, आज, आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आज आपका पूरा ध्यान अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आज आपको काफ़ी राहत मिलेगी काफी अच्छा महसूस होगा आज पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे किसी नए प्रेम संबंध की आज शुरुआत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए गाय को आपको रोटी खिलानी है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा मिश्री डाल देना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक कन्या राशि के जातकों आज का दिन कैसा रहेगा फ्राइडे का दिन तो आज आपका दिन भाई बहुत बेहतर रहेगा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपकी कई योजनाएँ समय से पूरी हो सकती हैं आज आपके परिवार में खुशी का जो माहौल है ये बना रहेगा कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है अपनी ऊर्जा से आज आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिख रहे हैं आर्थिक मामलों में आज आपको लाभ मिलेगा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज आप नए कदम उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों की वजह से आज आप के ऊपर जो है अपने ऊपर आपको गर्व की अनुभूति होगी गर्व महसूस करेंगे कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जरूरतमंदों को वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोग सफेद तिल का दान धर्म स्थान पर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो लिप्रा तुला राशि तुला राशि वालों आज आप पर काम का बोझ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी आप थकान महसूस करेंगे हेजिटेशन महसूस करेंगे थोड़ा सा चिचड़ापन महसूस करेंगे किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आज के लिए जो है आपको दिन को बेहतर बना सकती है जीवन साथी साथ अपने रिश्तों को लेकर के आज आज आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो हो सकते सकते हैं, हैं। भावुक कारोबार में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के सितारे सलाह दे रहे हैं सोचे हुए काम आज आपके पूरे होंगे किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी आज उपाय के तौर पर करना क्या है प्रातः काल जल्दी उठकर का के भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि राशि वालों आज आपका दिन शानदार रहेगा शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल दुगना हो जाएगा सोसाइटी के लोग आज आपसे विवाहित है थे, इनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे आज, आज आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न हो सकते हैं ऑफिस में आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज सभी चीजों को बेहतर तरीके से आप लोग संभालते हुए दिख रहे हैं लेकिन आज आपको लेन देन में सतर्कता बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी को आज आपको धन उधार नहीं देना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को कुछ सुगंधित जो है धूप बत्ती से उनको आपको दिखाना रहेगा और एक देसी घी का दीपक जला करके ओम श्रीम श्री एय इस मंत्र का एक बार जाप करिए निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का जो आगमन रहेगा आप के जीवन में खुशियां भर देगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक धनु राशि वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरीके से आज आप लोग सक्षम रहेंगे जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा किसी सीनियर वकील के साथ आज इंटरनशिप करने का आज, आज आपको मौका मिल सकता है करियर में एक नए आयाम आप लोग स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी केस में आज आपको सफलता मिल सकती है अचानक से आज जो लोग एग्जाम दे चुके हैं और ख़ास करके जुडिशरी से रिलेटेड तो उनके पक्ष में कोई जो है रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है सीनियर्स का आज आपको सहयोग मिलेगा कार्यक्षेत्र आपका अच्छा रहेगा धन लाभ आता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं साथ ही साथ मां लक्ष्मी को लाल रंग की जो चुंदरी होती है अंक, रहेगा, रहेगा अंक पांच कैप्रिकॉन मकर राशि वालों आज आपके जीवन में नया बदलाव हो सकता है अगर आज आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग जो छात्र आज फैशन से रिलेटेड या जो है परिधान से रिलेटेड या फिल्मों से रिलेटेड कला से रिलेटेड लेखन से रिलेटेड जो है क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उनके लिए आज का दिन देखिए अच्छा रहेगा उनके सीनियर्स का उनको सहयोग प्राप्त होगा आपके कामों की तारीफ होगी और आज आप लोग थोड़ी सी मेहनत में अधिक सफल हो सकते हैं जीवन साथी आज, आज आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे आज धन्य धान से आप लोग परिपूर्ण रहेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का आपको दीपक जलाना रहेगा साथ ही साथ आज ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा 8 एक्वायर्स कुंभ राशि कुंभ राशि वालों देखिए दर्शकों बहुत मेहनत से राशिफल बनता है तो फटाफट इस राशिफल को आप लोग लाइक करिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को हमारे जो है लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जम करके शेयर करिए कि भूचाल आ जाए कुंभ राशि वालों आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा आज आप लोग खुद को सेहतमंद महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके सभी काम आज समय से पूरे होंगे साथ ही साथ आज आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से आज आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुछ लोगों को आज आपकी उदारता पसंद आएगी ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे जो छात्र बड़ी सफलता के लिए राह देख रहे थे और उनका कोई रिजल्ट जो है अटका हुआ था तो आज आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष कुंभ राशि वालों बहुत मजबूत रहेगा किसी खास विषय पर आज आपके सहफा पार्टियों से आपके मित्रों से मदद मिलेगी आपके सभी काम बनेंगे अंधों को आज आपको पका हुआ भोजन खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि पाइसेस तो मीन राशि वालों आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा आज आप किसी पारिवारिक समारोह में प्रतिभाग कर सकते हैं सम्मिलित हो सकते हैं वहां आपको देखकर के कुछ लोग काफी आपकी तारीफ कर सकते हैं जी हां अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जीवनसाथी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करिएगा आज मीन राशि के जातकों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप्स रहेगा पीक पर रहेगा साथ ही साथ आज आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे खुश रहेंगे स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा नौकरी के क्षेत्र में आज, आज आपको फायदा मिल सकता है जीवन साथी के साथ कहीं पर आप लोग घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं आज का दिन जीवन साथी को लाभ प्राप्त जो है होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी की सफलता से आज, आज आपका मन बड़ा आनंदित रहेगा बड़ा रोमांचित रहेगा छोटी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज के दिन आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि बरगद के वृक्ष पर जाना है और वहाँ पर दूध में शहद मिक्स करके थोड़ा सा वहाँ पर अर्पण करिए और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर आप लोग लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार